आज हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट आवेदन किस प्रकार से किया जाता है इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पे जा कर के यहाँ पे आपको एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च करना है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एम पासपोर्ट से सेवा जिसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन इसको ओपन कर देना है ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं पासपोर्ट सेवा यह इस प्रकार से इसका इंटरफेस नज़र आएगा यहाँ पे आपको पासपोर्ट आवेदन करने के लिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के लिए आप देख सकते हैं ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा इस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है तो चलिए हम इसको फिल कर देते हैं इसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर आपको अपने निकट का जो भी ऑफिस लगता हो पासपोर्ट का वो आपको चुनना है तो चलिए हम चुन लेते हैं इसके बाद आपको आवेदक का नाम जो पास पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है उसका यहाँ पे नाम डालना है वो भी बिल्कुल डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि जो भी आपके आधार में हो या मार्कशीट में हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पूरा एकदम क्लियर नाम सही सही भरना है तो चलिए हम भर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस फॉर्म को आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस यह पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका एरिया का लगता हो उसके बाद आपको गिविन नेम यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डाल देना है सर नेम अगर कुछ हो तो लगा देना वरना इसको खाली छोड़ दें और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ तो इस कैलेंडर से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर ई मेल अपनी डालनी है जो भी ई मेल आई वो आप यहाँ पर डाल दें और यह पूछ रहा है डू यू वैंट योर लॉगिन आईडी अगर आप अपना ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यहां पे यस yes कर दें वरना ये नो no है नो no पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पे चेक अवेलेबिलिटी इससे आप देख सकते हैं कि आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल है इसके बाद यहां पे आपको अपना कोई पासवर्ड बना लेना है आठ डिजिट का कोई भी और यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है इसके बाद हिंट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको पे आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि कभी अगर आप पासवर्ड भूल भी गए तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ पे उसका आंसर दे दें आंसर देने के बाद ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स में कैप्चा कोड इस कैप्चा कोड को यहाँ पे जिस तरीके लिखा हुआ है उसी तरीके से टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद ये आप देख सकते हैं सबमिट इस पर आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेस थैंक यू फॉर रजिस्ट्रिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक द लिंक आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है उस पर आपको क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्टिवेट करना है तो चलिए हम दोस्तों उस मेल पर जा कर देख लेते हैं जहाँ पर इन्होंने मैं एक लिंक जो भेजा है उस पर हम जा कर क्लिक करके अकाउंट अपना एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मेल आईडी पर यह पासपोर्ट एडमिन करके ये मेल आया हुआ है तो इस मेल पे, पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये है लिंक प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिव योर अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं जैसे ही आप इसको लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ये पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं तो यहाँ पर अब आपको अपना वही ईमेल आईडी डाल करके सबमिट करना है तो चलिए हम ईमेल आईडी आई डाल के सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ईमेल आईडी डाल दिए और ये जो सबमिट का निशान है इस सबमिट के निशान पे क्लिक कर देते हैं तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली क्लिक के, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन अब आपको उसी पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर वापस जाना है और इस पर आकर के आपको यह आप जो देख रहे हैं एक्साइटिंग यूज़र लॉग इन इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको अपना अब वही जो आपने ई मेल आई एक्टिवेट करी है उस ई मेल को यहाँ पे फिल करना है तो चलिए दोस्तों फिल कर देते हैं तो दोस्तों ई मेल डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अब आपसे आप पासवर्ड मांगेगा तो दोस्तों आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को फिल कर दें इसके बाद आपको ये लॉगिन इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है तो आप दोस्तों देख सकते हैं अब आप जो है एम पासपोर्ट सेवा में लॉगिन हो चुके हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वाइफ सेफ्ट सब्मिटेड अप्लीकेशन तो इस पर आपको आप अगर नया कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट तो दोस्तों आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर इस तरीके से अप्लाई फॉर पासपोर्ट पे आज अंदर आ जाएंगे इस पे आप देख सकते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तो, तो यहां पे आपको अपना स्टेट चुनना है जिस भी स्टेट से आप हों वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं इसके बाद डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर आपको उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं आपको वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके के इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पे आपको अप्लाइंग फॉर फ्रेश पार्ट पासपोर्ट है या रीइशू पासपोर्ट है टेप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल तत्काल जिस तरीके आप चाहिए तो इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो अप्लाई फॉर तो हम नया बना रहे हैं तो हम नया बनाने के लिए हमें फ्रेश पे क्लिक करना है उसके बाद टेप ऑफ एप्लीकेशन तो यहाँ पर अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पर क्लिक करना है वरना अगर आपको तत्काल चाहिए एमरजेंसी में तो आप तत्काल सेलेक्ट कर सकते हो तो हमें नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पर क्लिक कर देना है बुकलेट टाइप अब आपको कितने पेंज का चाहिए 36 पेंच का पासपोर्ट चाहिए या 60 पेंच का तो हूमन नॉर्मल 36 पेंज का होता है तो हम इस 36 पेंज पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पे आपसे गिवन नेम पूछ रहा है तो अब आपको यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम फार्म पहले भर देते हैं उसके बाद आपको बताते हैं कि कहाँ पर क्या भरना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन नेम में आपको अपना नाम पूरा फिल कर देना है जिस तरीके आपके आधार कार्ड में हो उसके बाद आपको सर अगर है तो लगा देना हो तो कोई दिक्कत नहीं और हैव यू एवर बीन नाव बाय अदर नेम्स यहाँ पे अगर आप पूछ रहा है कि अगर आपका कोई नेम हो तो आ, दूसरा तो आप यहाँ पे, यहाँ पे यस करें या नो रह पर रहने दें हैव यू एवर चेंज योर नेम अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो यहाँ पर यस करें वरना नो रहने दें उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ़ इंडिया आउट ऑफ इंडिया अगर आपका इंडिया के बाहर जन्म हुआ है तो यस करें वरना नौपे रहने दें Place of birth जहाँ पर आप जन्म हुआ है यहाँ पर आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर state तो यहाँ पर आपको state सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं district तो यहाँ पर आपको अपना district सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हों आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं मेरिटल स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर सिंगल हों तो सिंगल भर दें विधवा विधवा और डिवॉर्सेट जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल हैं तो सिंगल पे सिलेक्ट रहने दें सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यहाँ पे आप अपना बर्थ इंडिया से है तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड फ़ अवेलेबल यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डालना चाहें तो डाल सकते हैं ना डालना चाहें तो ना डालें मैंडेट्री नहीं है और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड डालना चाहें तो डाल दे ना डालना चाहें तो कोई मैंडेट्री नहीं है एम्प्लॉयमेंट टेप में यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉय तो सेल्फ एम्प्लॉय होम मेकर तो होम तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें इसके बाद यहाँ पर यह आपसे पूछ रहा है इस इधर ऑफ द पर्सन पेरेंट ऑफ इन केस माइनर रिस्पॉन्स गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आपके पिता कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में हो पेरेंट तो आप यहां पे यस करें वरना नो कर दें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहां पे जो भी हो अगर आप आठ या नौ स्टैंडर्ड से हैं तो यहां पे सेलेक्ट कर लें दस हैं तो इस सेलेक्ट कर लें और सेवन क्लास हैं या उससे नीचे हैं तो यहाँ पर आप सेवन पास ऑफ लेस पर क्लिक कर सकते हैं ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट पर एंड अबाव पे क्लिक कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर सी आर कैटेगरी चाहे आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएंगे तो यहाँ पे अपने यहाँ पर यस पे क्लिक हो जाएगा यानी आपका पासपोर्ट अब नॉन ईसीआर कैटेगरी में है इसके बाद वी वगैरह या कोई अगर मार्क हो तो यहाँ पे आप, आप लिख सकते हैं आपके चेहरे पर दाग वगैरह कुछ हो तो लिख सकते हैं वरना रहने दें यहाँ पर आधार नंबर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है उसके बाद आई एगरी पर यस करके सेव डिटेल इस सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है और इस सेव डिटेल पे क्लिक करने के बाद योर एप्लीकेशन फ्राम हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल सेव हो चुकी है और इसके बाद अब आपको यहाँ पर आ कर के नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे आई एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपका फ़ादर नेम और मदर नेम वगैरह यहाँ पर फिल करना है तो चलिए हम इसको फिल कर देते हैं फिर आपको बताते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं फादर नेम पे यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम भर देना है और इसके बाद अगर उनका कोई सर नेम हो तो सर नेम लगा दें वरना इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं मदर नेम यहाँ पे मदर नेम पे आपको अपने मदर का नाम लिख देना है और सर नेम हो तो कुछ सर नेम लगा दें वरना इसको आप खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद सेव डिटेल इस सेव डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योर अप्लीकेशन हैज़ बिन सेव्ड सक्सेसफुली तो ये इस प्रकार से आ जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है तो दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा तो इस फॉर्म को हम फिर फिल कर देते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया अगर आपका एड्रेस हिंदुस्तान के बाहर है तो आपको यस पे क्लिक करना है वरना नो है तो नो पे रहने दें और आप अपना यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं विलेज टाउन या सिटी आप जिस भी शहर के हों तो आपको यहाँ पे वहाँ का नाम डाल देना है इसके बाद इस्टेट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद डिस्टिक यहाँ पर आपको अपना डिस्टिक जो भी है सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता हो कोतवाली थाना जो भी हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद आपको अपना पिन कोड नंबर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर दर्ज कर देना है पिन कोड नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर तो आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है टेलीफोन नंबर अगर आपका लैंडलाइन नंबर कोई हो तो यहाँ पर भर दें वरना आप ये देख सकते हैं ई मेल तो यहाँ पर आप अपना ई मेल भी अवेलेबल कर सकते हैं लगा सकते हैं उसके बाद इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यस yes पे क्लिक करें और इसके बाद इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस जो अगर सेम है तो यहाँ पे आपको यस yes पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सेव डिटेल इस सेव डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है और ओके okay कर देना है तो आप देख सकते हैं आपकी डिटेल सेव हो चुकी है अब इसके बाद आप एक बार इसको चेक कर लीजिए चेक करने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अमरजेंसी कॉन्टैक्ट तो अगर आपातकाल या एमरजेंसी के समय संपर्क किया जाए तो किससे किया जाए तो यहाँ पर आप उसका नेम और उसका एड्रेस डाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों फिल कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम एंड एड्रेस तो अब यहाँ पे आपको अपना नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे अपना फ़िल कर देना है उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है उसके बाद ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लगा देना है और सेव डिटेल यहाँ पे सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़बिन सक्सेसफुली सेव्ड सेव्ड होने के बाद ये आप नेक्स्ट इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं देखें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल तो ये अब आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल देना है तो ये आप देख सकते हैं हैव यू एवर हेल्ड होल्ड यानी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका कभी पासपोर्ट कुछ होल्ड हुआ है तो यहाँ पे नो है तो नो पे रहने दें उसके बाद डिटेल ऑफ प्रोवाइड करंट डिप्लोमेट्रिक ऑफिशियल पासपोर्ट तो अगर आपका कोई ऑफिस वगैरह कोई कोई पासपोर्ट हो या ऑफिस से जारी हुआ हो तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है वरना आप देख सकते हैं डिटेल नोट अवेलेबल तो यहाँ पर डिटेल नोट अवेलेबल पर क्लिक कर देना है इसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नोट इशू आपने कभी आप पासपोर्ट अप्लाई किया लेकिन इशू नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहां पे नो पे रहने दें इसके बाद आप देख सकते हैं सेव डिटेल इस सेव डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हैज़बिन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है उसके बाद नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सभी में ज़्यादातर नो ही कर देना लेकिन आप देख लीजिएगा कि कभी कभी किसी पे एफआईआर होती है तो उसकी आपको यहाँ पे सूचना देनी होती है या उसकी कॉपी लगानी होती है तो यहाँ वो अगर कोई नया है जिसपे कोई ऐसा मामला नहीं है तो आप उन सभी पर नो पर क्लिक कर सकते हैं अपने वर्क के अनुसार क्लिक कर दें इसके बाद आप सेव डिटेल इस सेव डिटेल पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपकी सेव हो गई है सेव होने के बाद नेक्स्ट यहां पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट इस तरीके का इंटरफेस में नज़र आएगा अब आप देख सकते हैं इस पासपोर्ट को चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेल्फ़ डिक्लेसन का एक फॉर्म भरना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आधार ई आधार कार्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसी के ऑफिस में ई आधार कार्ड की कॉपी आपको लेकर के जाना है उसके बाद आप देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ में भी आप यहाँ पर आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ पर भी क्लिक कर सकते हैं या बैंक पासबुक बहुत से ऐसे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जो अपने आप आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर ले के जा सकते हैं लगा सकते हैं तो इसके लिए चलिए हम एड्रेस पर भी आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड चुनने के बाद अब आप यहाँ पे यस यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना ये एक एसएमएस के लिए आपसे पचास रुपये काटेगा ये जिस पे जो भी प्रक्रिया आपके पासपोर्ट बनते समय होगी और ये मोबाइल नंबर इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज कर देना इसी नंबर पे आपका ए, मैसेज आएगा अगर जैसे पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है या किस चीज़ पर पड़ा है डिस्पैच हुआ क्या हुआ तो सारी सूचना इसी मोबाइल नंबर पर आपको एस के द्वारा भेज दी जाएंगी इसके बाद आप दोस्तों यानी चाहिए प्लेस इस प्लेस पे आप अपने जिले का नाम भर करके डेट जिस डेट को आप सबमिट करेंगे वो डेट और यहाँ पे सबमिट कर देना है इसके बाद डेट पड़ी हुई है सबमिट फॉर्म सेव डिटेल तो सबसे पहले आपको इस सेव डिटेल पे इस सेव डिटेल पे क्लिक करना है आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो गया है उसके बाद सबमिट फॉर्म इस सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली तो दोस्तों देख सकते हैं आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है आपको यहां पे वाइव सेव सबमिट एप्लीकेशन तो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है यहां पे आपको आकर के देखना है तो आपका एप्लीकेशन वगैरह यहां पे पड़ा हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं डेट वगैरह सब पड़ी यहाँ पर तीन डॉट इस तीन डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर वाइव एप्लीकेशन डिटेल आप देख सकते हैं पे एंड इसक्यूटेल अपॉइंटमेंट या ट्रैक पेमेंट इस्टेटस तो यहाँ पर आपको अपना ट्रैक पेमेंट स्टेटस या पे स्क्डूल अपॉइंटमेंट तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट कटाना है एस बी आई इंटरनेट बैंकिंग से या आप चालान के माध्यम से भी कटा सकते हैं पे इन पैस एस ब्रांच में जा कर के तो आप जिस माध्यम से भी कटाना चाहें तो आप कटा सकते हैं चलिए हम ऑनलाइन एस बी आई इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखेगा उसके बाद नेक्स्ट एक नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको देख सकते हैं अवेलेबल पीएसके कानपुर पीएसके लखनऊ तो आपको जहाँ पर भी अपनी सुविधा अनुसार लगे आप जिस भी प्रांत के हों तो वहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं तो अवेलेबल यहाँ पे आपको सारी डेटे दिखा देगा कि कब की अवेलेबल है उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपना पी एस के लोकेसन अब आपको अपना पी एस सेलेक्ट करना है आप जहाँ पर भी जाना चाहें अपने ज़िले में भी अगर आपके ज़िले में अवेलेबल है तो आप वहाँ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं वरना आप दूसरे ज़िले का भी ले सकते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस भी बता देगा जो भी एड्रेस है आप कायदे से अच्छी तरह से मिला लें जो भी एड्रेस है और उसके बाद आप यहाँ पे जो देख सकते हैं कैप्चा कैप्चा को आपको फिल कर देना है तो चलिए दोस्तों हम कैप्चा फ़िल कर देते हैं इसके बाद आप ये कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ए इन नंबर वगैरह गिविन नेम आपका जो भी है फ्रेश नॉर्मल जो भी है वो आ जाएगा आपका अमाउंट कितना कटना है वो अमाउंट भी आ जाएगा कांटेक्ट नंबर आपका आ जाएगा तो आप इस पे अपने हिसाब से भर सकते हैं आपको बस पे एंड बुक अपॉइंटमेंट तो यहाँ पर आपको कैलेंडर से आप अपनी डेट पहले उठाइए कि किस तारीख को आप जाना चाहते हैं या अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं छः जून के बाद ही अवेलेबल है आप अब इसके बाद जब भी जाना चाहें तो जा सकते हैं तो दोस्तों आप छः जून के बाद कभी भी ले सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पे डेट अपने आप लग चुकी है अब उसके बाद आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है जैसे यहाँ पे एन अपॉइंटमेंट पे बुक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको पे एस के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा तो अब आप नेट बैंकिंग से एसबीआई बी की नेट बैंकिंग से इस पर क्लिक करके कर सकते हैं अदर बैंक का है तो आप इस पर क्लिक करें उसके बाद कार्ड के द्वारा अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप इस पर क्लिक करें अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो इस पर क्लिक करें क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ से क्लिक करें उसके बाद अदर पेमेंट मोड अगर आप यू के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यू के माध्यम से करें और यू के माध्यम से पेमेंट करना सबसे बेस्ट होता है और सेफ होता है तो यहाँ से आप आई पर क्लिक करें जैसे ही आप UPI पी आई पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी ये टाइमिंग पाँच मिनट की चल रही है इस पाँच मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर देना है तो आप जिस माध्यम से भी करना चाहें क्यू आर कोड स्कैन करके या वी पी ए के माध्यम से तो आप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम वी पी ए सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना वी पी ए डाल देते हैं तो दोस्तों आप वी पी ए भी लगा सकते हो अगर वी पी ए ना हो तो आप क्यू आर कोड पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्यू आर कोड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ अब आपको यहाँ पे इस क्यू कोड को स्कैन करना है तो चलिए दोस्तों हम इस क्यू कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं <grew up> तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है योर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस आप देख सकते हैं आपका स्टेटस सक्सेस हो गया है और यहाँ पे आपको ओके okay, पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप यहाँ पर होम पर आ जाइए होम पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आ करके आपको अपना जो है वही लॉगिन पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे आकर के अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर होम पर आ चुके हैं अब यहाँ आने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन थी इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर आके ट्रैक पेमेंट स्टेटस तो यहाँ पर आपको ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर पे सेलेक्ट करके आपको देख लेना है तो ये आप देख सकते हैं फ्रेश नॉर्मल जो भी पेमेंट स्टेटस पेंडिंग इंटरनेट बैंकिंग क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर पेमेंट तो आप देख सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है और आपका पे डिटेल ये आ चुकी है तो अब आप ए आर नंबर यहाँ पे आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं तो दोस्तों अब आपको पासपोर्ट ऑफ़िस में ले जाने के लिए जो पर्ची की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पर्ची किस प्रकार से डाउनलोड होगी हम आपको बताते हैं तो आपको यहाँ पर एम सेवा पासपोर्ट अप्लीकेशन से बाहर आ जाना है बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पासपोर्ट पासपोर्ट लिखने के बाद आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट की साइट आ चुकी है अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल साइड में आ चुके हैं और आप यहां पे देख सकते हैं यूज़र लॉगिन यहां पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपना ईमेल आईडी आई डाल के लॉगिन कर देना है लॉगिन करने के बाद आप यहां पे आपको अपना पासपोर्ट डालना है तो यहां पे दोस्तों आप लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद लॉग कर सकते हैं जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप साइड पे आप आ चुके हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइव सेवस एंड सबमिट एप्लीकेशन इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन आपके सामने है जो हमने अभी करी है तो वो यहाँ पर लग करके आ चुकी है अब आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद तो आप ये एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक करें तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का प्रिंट है इसको आप डाउनलोड या एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है अपॉइंटमेंट वगैरह इसी में सब दिया हुआ तो आप इसको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसको पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं तो दोस्तों इसको सेव कर लें सेव पर क्लिक करके और आप जिस भी केंद्र पे जाएंगे तो उस पे आपको ये और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले करके जाना होगा वहाँ जा के आप ये लगा कि आप अपना अपॉइंटमेंट वहाँ दे सकते हैं और अपना पासपोर्ट आसानी से बनवा सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा अब आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हम आगे भी इसी तरीके से आपको एक नया वीडियो लाते रहें और हमारी आप जानकारी का लाभ उठाते रहें